हेलो दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल देके हिस्ट्री वर्षिस रियालिटी में और लोकेशन आपको पता है भाई दो दिन से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ तांत्रिक कोर्स चलो मैं आपको दिखाता देता हूँ गूगल टाइम इंडिया फिर मैं आगे दिखा रहा अकेला हूँ महेंद्र भाई आज आए नहीं है गूगल टाइम इंडिया ग्यारह बजकर सत्रह मिनट लाइट बंद कर देता हूँ मैं शायद दिख रहा होगा आपको तो। ब्राइटनेस कम कर दी गूगल टाइम इंडिया गूगल टाइम इंडिया, इंडिया। ग्यारह बजकर 18 मिनट ठीक है तो चलो मैं लाइट चालू करता हूँ और मैं देखता हूँ अभी अकेला हूँ मोबाइल मैंने लगा दिया स्टैंड पे और दोस्तों के पास है चलता हूँ मैं जंगल में आगे चलता हूँ तो पहले एंट्रो दे, दे देता हूँ तो आज देखता हूँ मैं अकेला हूँ कल भी आया था मैं बारिश की वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया मैं लेकिन मेरे को वो दिखा नहीं आज फिर आया हूँ मैं अकेला ही हूँ मैं और देखते चलते आगे जंगल में फिर जो होता है आपके सामने ही है आज मिलता है कि नहीं मिलता है तांत्रिक हमको तांत्रिक मिलेगा तांत्रिक की कार्रवाई करेगी आज पूरी ठीक है चलो है, मैं कैमरा ले लेता तो हूँ आदेश खतरनाक जंगल है यार दोस्तों महेंद्र भाई होते चलता हूँ आगे कुछ है कि नहीं अपने को आटे बहुत है यार यार देख लो आप लोकेशन देखो कैसी हालत होती है लोकेशन पे आते हैं तो ठीक है मैं चलता हूँ अंदर अंदर जाने के बाद चालू करता हूँ कैमरे को करते हैं बंद क्योंकि दोस्तों लाइट जलेगी तो वो शायद भाग जा, भाग सकता है मेरे आवाज़ से भी भाग जाएगा खराब हो जाए लोकेशन है यार चलो मैं चलता हूँ अंदर जाके चालू करता हूँ देख लो आप चारों ओर चारों ओर में कैमरा घुमा पूछ घुमा देखो कितना जंगल है वो अकेला आना रात के ग्यारह बजे ठीक है देखता हूँ मैं चलता हूँ सम के पास यार इतना खतरनाक जंगल है यार देखो दोस्तों ऊपर ऊपर देख लो पूरा पूरा ये इतने बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं और मेरे को अंदर जाना है नीचे बहुत खराब हो जाए यार अरे यार भूत चूड़ेल से दर्द नहीं लगता मेरे को लेकिन जंगली जानवरों को क्या करेंगे यार अरे यार शमसान में कोई बैठा है यार कोई है क्या वहां पे दोस्तों दो लोग दो लोग गए यार यार मेरे आते आते भाग गए उसने कुछ किया यहाँ पे यार यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहा था कुछ किया इससे यहां पे बैठा था दोस्तों इसने कुछ किया यार को जो भी होगा नर का विवाह पर रक्षा करें मेरी खुलते तो तो तो तो तो तो तो आती है चावल और छुटके रखे हुए नेंगू रखा हुआ देने का कपूर है ठीक है दोस्तों आपके सामने चारों जो भी है इसको तो हम यही ख़त्म कर देते हैं तो आपके कपड़े दो सब पाँच लाटे चारों दोस्तों इसके रखे हुए हैं कुछ चावल है चावल के अंदर कुछ रखा है ये कुछ सिक्का है और ये कपूर है और नींबू है ठीक है दोस्तों जो भी है मैं सब फेंकता हूँ उसको को लात तो नहीं मार सकता मैं लेकिन कैप जरूर दूंगा मैं इसको। तो आपके सामने देख रहा रहा मैं भाइयों तो को ऐसा ना लगे कि लेके चलो देखा भाग जहाँ मिला होता आज, आज तो डेंट बजा देता रहा मैं मैं आपको बोला था पहले ही कि मैं जैसे मैं आवाज़ करूँगा मेरी लाइट ले लेगा ले ला, वो यहाँ पर बैठा था दोस्तों ये जो दो है ना उसके पास में बैठा था वो और जैसे मैं आया लाइट लेके वो भाग गया मेरे को देख के ही भाग गया वो देखो बीच जंगल में कैसा बना के बैठा है देखो ये उसका क्या लोकेशन बनाया उसने और चार ओर का तुम देख लो लोकेशन खतरनाक झाड़िया है दोस्तों दोस्तों भागता हूँ पांच मुझे देखकर भाग गया और उसके साथ में एक बंदा और था दोनों भाग गए और मेरे को मैं क्या वो मैं आया वो था जंगल से आया शमशान में आया था वो लोग शमशान में थे और जो मैंने आपको बताया वो शमशान में था और उसके पास में मेरे को डब्बी मिली दो डब्बियाँ थी वो छोटी इसमें किसी की अंगूठी थी और एक फिर देवी का सिक्का था और इसमें चावल में भरे हुए थे उसके बाघों में एक नींबू था और बंबू का वो जो राउंड किया हुआ था जिसके अंदर किसी को वश करने का या किसी को वशीकरण करने का वो पूरा उपाय करके रखा था जैसे मैं अंदर जंगल से बाहर आया मैं चलो जंगल में मेरे को दिखा नहीं मैं सोचता हूँ बाहर चला जाता हूँ और जैसे ही मैं बाहर आया मैं चलो चलो शमशान की ओर से वो लोग लो शमशान में कुछ कर रहे थे ठीक है तो शमशान में कुछ मेरे को देखिए वो लोग भाग गए दोनों एक था दो जने थे कोई दो जने दोनों भाग गए हो मैं भागा मैं अकेला था उनके पीछे नहीं भागा क्योंकि वो दो थे दो के चार भी हो सकते हैं जंगल है भाई और अकेला आया हूँ मैं आज महेंद्र भाई था नहीं मेरे साथ इसलिए है अभी शमशान के पास खड़ा हूँ और डर सा माहौल है मेरे को डर भी लग रहा है क्योंकि अकेला हूँ हो सकता है झील लास्ट टाइम आए थे मेरे को सुबह सुबह मिल रही थी जंगली जानवर का बहुत खतरा होता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना ठीक है शेयर कर दो कमेंट कर दो और इसका तीसरा पार्ट मैं जरूर लाऊंगा। कल या परसों हम दो तीन बंदे आएंगे अकेले बंदे से नहीं हो गई क्योंकि तो मैं अकेला आता हूँ तो मेरे को भी डर लगता है कि वो तीन दो जने हैं शायद दो के चार भी हो सकते हैं ठीक है चलो जय हिंद जय भारत गुड नाइट सबको तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ